सब्सक्राइब करो मास्क वीडियो चैनल को और दबाओ इस आइकन को ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अजहर आलम और आप देख रहे हैं मास्क वीडियो चैनल दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी फोटो को आप पी कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको सिंपल जाना है गूगल में गूगल में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप जैसे कि मेरा लिखा हुआ है मैं कर देता तो हूँ उस पर क्लिक अब यहाँ पे है रिमोव भी जी सब ऊपर में आ गया मैं कर लेता तो हूँ उस पर क्लिक आपको भी कर लेना है और देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है ऑफ इमेज इसमें क्लिक करना है जी हाँ दोस्तों इसमें क्लिक करने के बाद जिसको भी पी बनाना है उसको आप चूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं इसी को पी एन इसको पी बनाने के लिए देख सकते हैं आप पी बनाने के लिए हो रहा है देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रासली वाला है ये और ये पी बन चुका है तो हमें इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से डाउनलोड हो गया अब देख सकते हैं कि हाँ आ, आ गया यहाँ यहाँ पे, तो बस फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें